याद मन सावरे की आई मेरे मन में लगन लगाई चलो दर्शन ने बाबा के है खाटो में ही धोनी रमाई फूल साखिल रहा। मन सावरे की आई मेरे मन में लगन लगाई चलो दर्शन में बाबा के